जी और मती जो है कर्म के माष्ट कर्म के अनुसार बनता है चूंकि मति को सुंदर बनाने के लिए ही बाली कह रहा है कि जन्म जन्म मन जतन कराह अंत राम कहीं आवत नहीं वो सुंदर मती को बनाने के लिए ही जन्म जन्मांतर से भजन करता है कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए जिससे आवागमन से मुक्ति हो जाए जी <laughs> तो चार तरह से मनुष्य शरीर मिलती है और भगवान की कृपा से भी मिलती है तो चूँकि प्रारब्ध को ज्ञान प्रारब्ध का ज्ञान हम लोगों को नहीं है तो हम लोगों को ईश्वर का कृपा ही मानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हमको शरीर मिली हुई है साधन भजन करने के लिए जी तो साधारण भजन में पहले एक माहौल बनाया जाता वातावरण बनाया जाता है जैसे कल रामकृपाल जी कहे तो नाम को लेने के लिए नाम को महिमा को पहले समझना चाहिए कि नाम में क्या क्या गुण है नाम में क्या प्रभाव है उस नाम को लेने से हमको हम, मतलब क्या लाभ मिलेगा तो उस नाम को बारे में भी जानना चाहिए जैसे कथा में कथा सुनने के पहले कथावाचक जो है कथा का सब प्रभाव बताते हैं नाम का प्रभाव बताते हैं कथा में होता क्या है कथा में ईश्वर की ही चर्चा है ए और उसमें खास करके ब्रह्म जीव माया ज्ञान भक्ति वैराग्य इच्छा की जो है चर्चा होती है कथा में कह बिन सत्संग्ञरिकाते है बिन मोहन भाग तो मोह कथा से मोह भागता है तो क्यों उसमें चूँकि कथा में माया का जो है निरूपण किया जाता है माया को बताया जाता है कि माया है क्या तो बताया जाता है कि माया छठभंगुर है नासमान है असत्य है स्वप्नवत है मिथ्या है प्रपंच स्वरूप है दुख स्वरूप है असान स्वरूप है परिवर्तनशील है अनित्य है इतना ऐसा माया का स्वरूप है तो जब माया का ज्ञान होता है तो मोह माया के जो मोह है वह भंग हो जाता है तब ईश्वर के चरणों में जो प्रेम पैदा होता है अच्छा प्रेम भी प्रेम भी प्रकृत से परे है प्रेम जो है प्रकृति में नहीं है भरत जी के प्रसंग में आया कि आगोचर कह किम जाई प्रीत अगोचर कह किम जाइ वह चूंकि अगोचर मन बुद्धि वाणी से परे है उसको कैसे कहा जाए तो प्रेम भी परे वहां भी कहे जब भरत राम मिल रहे हैं चित्रकूट में तो वहां गोस्वामी जी लिखे कौ कछ कहा न नहीं कछ पूछा प्रेम भरा मन निजगत छूचा मन का काम है संसार को लेकर संकल्प विकल्प करना जब प्रेम में भर गया तो उसकी गति छूच पड़ गई मतलब संकल्प विकल्प से शून्य हो गया मन जी तो मतलब मोटी मोटा कि प्रेम भी मन के आ, मन से परे है क्योंकि मन भी प्रकृति में है जब कह दिया गया कि प्रेम प्रकृति से परे है तब तो मन की भी वहां पहुंच नहीं है उसको मन भी व्यक्त नहीं कर पाता है तो इसलिए उस सबको एक अनुमान के द्वारा ही कहा गया है जब विभीषण इस पार आया समुद्र के पार भगवान राम के यहां तो रामण सुख सारंग को पीछे लगा दिया देखो क्या क्या वहां घटनाएं घटती है, है तो सुख सारंग आए वो बंदर का रूप अपना बना लिए सब बंदर है उसमें हम खप जाएंगे बंदर का रूप बना लिए और सब पहचान लिए और पहचाने कैसे कि बंदरों के प्रति भगवान का इतना प्रेम था वह प्रेम देख के सब बिहवल हो गए और मन ही मन उस प्रेम की सराहना करने लगे जब मन की सराहना करने लगे प्रेम का मन में वह प्रेम जो है बाहर शरीर के बाहरी भाग तक बाहरी भाग को प्रभावित कर दिया तो बंदर का जो कपट का रूप बंदर का बनाए थे असली में वो असली स्वरूप में आएगी वो भूल गए तो चूंकि अब उस प्रश्न के माध्यम से बताया गया कि प्रेम संसारिक किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता है इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे नदिया समुद्र में फूलमाला फेंक दीजिए नदिया नदी का जो तरंग है धीरे धीरे फूल के जो है किनारे लगा देता है नदी को बीच में नहीं रखता है नदी में तेज प्रवाह है तो बहा ले जाएगा अगर प्रवाह नहीं है तो उसका नदी का तरंग जो किनारे लगा देता है तो उसी तरह प्रेम जो है संसार के किसी बात को स्वीकार नहीं करता है वो अपने आप में निराला है और वो हृदय में सराहना करने लगे सुख सारंग और हृदय से जो है शरीर के बाहरी भाग तक पहुंच गया और उसमें फिर राक्षस स्वरूप वो अपने निज स्वरूप में आ गए तो एक तरह से प्रेम में ही निज स्वरूप रहता है प्रेम में ही निज स्वरूप या सहज स्वरूप प्रेम में ही रहता जब सहस्त्र तो प्रेम जब अपने प्रभाव में है तो सहस्त्र रूप में राक्षस रूप में आ गए वहाँ उनका वही सहज स्वरूप है जैसे हनुमान जी का भी है जब दोबारा भगवान के चौड़ों में गिरे प्रेम में विह्वल हुए तो ब्राह्मण के रूप बनाए थे तो अपने बंदर के रूप में आ गए वह ब्राह्मण के बच्चे खत्म हो गए प्रेम में तो यह प्रेम की विशेषता है यद्यप प्रेम मन बाड़ी से परे है लेकिन उस प्रेम को मन बाड़ी के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है एक अनुमान से एक भाव के द्वारा जी तो संसार में भगवान की भक्ति करने वाले चार तरह के लोग होते हैं नंबर एक में रामचंद्र मास्टर जी हैं नंबर दो में श्याम इनके भतीजा हैं जिज्ञासु नंबर तीन में महेंद्र हैं अर्थार्थी नंबर चार में हम लोग हैं तो चारों को एक परमात्मा के ही नाम का आधार है राम भगत जग चारकारा सुक्री चारों अनगुदारा, चहु चतुरन को नाम अधारा चारों को एक नाम का ही आधार है भागवत गीता में भी कहे कि ब्राह्मण को जिस परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होगी छत्री को उसी परमात्मा की प्राप्ति छात्र धर्म के पालन से होगी वैश्य को उसी परमात्मा की प्राप्ति वैश्य धर्म के पालन से होगी शूद्र को उसी परमात्मा की प्राप्ति सेवा से, से होगी अब चारों के कर्म के स्वरूप अलग अलग हैं लेकिन परिणाम चारों को एक ही है तो उसी तरह यहाँ भी चारों के चारों का चार उद्देश्य अलग अलग है ज्ञानी का अलग उद्देश्य है जिज्ञासु का अलग उद्देश्य है अर्थार्थी का अलग उद्देश्य है आर्त का अलग उद्देश्य है तो चारों को एक ही नाम के प्रभाव से एक ही परमात्मा के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों तो की प्राप्ति हो रही अलग अलग फलों तो की प्राप्ति हो रही है मन के मुताबिक अह <clears throat>